हेलो फ्रेंड्स तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज हम आपके लिए एक नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं ये टॉपिक है मध्य प्रदेश के पठार <coughs> तो चलिए आपका समय ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बता दें कि बताना चाहते हैं कि पठार होते क्या हैं दोस्तों समान रूप से पठार उस भू आकृति को कहा जाता है जो आस के क्षेत्रों से ऊंचा हो यह आसपास के मैदान से ऊंचा तथा आसपास के पर्वतों से नीचा होता है मतलब पर्वत से छोटा होता है पठार लगभग एक मीटर या 500 फीट ऊंचे उठे भाग को पठार कहते हैं धरातल से इतनी ऊंचाई में अगर कोई उठाव है किसी क्षेत्र का तो उसको हम पठार कहेंगे सामान्य रूप से इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 300 से एक मीटर के मध्य पाई जाती है किंतु यह चार से पाँच हज़ार मीटर तक हो सकती हैं। जैसे दोस्तों हमारा जो तिब्बत का पठार है वो पाँच हज़ार मीटर ऊंचा है और वहीं हम एक और देखेंगे तो कोलराइडो का जो पठार है वो 2500 मीटर ऊंचा है विश्व का जो सबसे बड़ा पठार है दोस्तों वो है तिब्बत का पठार जो एशिया महाद्वीप में स्थित है एशिया कॉन्टिनेंट में है विश्व का सबसे ऊँचा पठार एक और एडिशनल जानकारी देना चाहता पर्वत पर्वत क्या होते हैं पर्वत उस उच्च स्थान को कहते हैं जिसका जो शिखर रहता है उसका क्षेत्र चोटीनुमा पीक जिसको बोलते हैं हम तथा पृष्ठ धाल युक्त तो होता है मतलब स्लोक स्लोक की तरह वह आसपास के क्षेत्र कम से कम 600 मीटर से अधिक ऊंचा हो वह पर्वत कहलाता है जैसे हिमालय पर्वत हो गया जो कि नेपाल में है बहुत बड़ा पर्वत है वो तो आठ हज़ार आठ सौ अड़तालीस मीटर ऊंचा है एंडीज पर्वत श्रेणी भी बहुत बड़ी है ऐसे ही बहुत सारे पर्वत और पठार हैं तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम मध्य प्रदेश के पठार के बारे में बताना चाहते हैं मध्य प्रदेश का जो प्राकृतिक भाग है अनेक पर्वत एवं पठारों से मिलकर बना है यहाँ सतपड़ा और विंध्याचल पर्वत की श्रृंखला है वहीं और भी अन्य पठार और पर्वत हैं मध्य प्रदेश में उपस्थित पठारों की सूची इस प्रकार है जैसे ये लिस्ट है हमारी का पठार, का पठार, का का सतपुड़ा, की श्रेणी, मध्य मध्य प्रदेश, भारत रीवा, पन्ना का पठार, और मालवा का पठार दोस्तों मध्य प्रदेश सबसे बड़ा पठार है जो है वो है मालवा का पठार <coughs> भारत के मुख्य पर्वत और पठार से संबंधित प्रश्न उत्तर तो हम स्टार्ट करते हैं बघिल के पठार से इस पठार पर गोडवाना चट्टानें पाई जाती हैं। यह पठार मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग में फैला हुआ है इस पठार की हद में शहडोल उमरिया अनूपपुर डिंडौरी आदि जिले संपूर्ण रूप से जबकि सीधी तथा सिंगरौली जिले के कुछ भाग आते हैं इसी पठार पर मैकल पर्वत श्रेणी भी है इस पठार से सोन नर्मदा टॉन्स, जहिला आदि नदिया गुजरती है बघेलखंड के इस पठार की मुख्य फसल चावल व अन्न फसल अलसी ज्वार और तिल है इस पठार की जलवायु मानसूनी है इस पठार पर 125 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है यह पठार बन संपदा से भरपूर है यहाँ पर मुख्य रूप से साल सागौन बांस के बन पाए जाते हैं इस पठार का मुख्य खनिज कोयला है अब आता हमारा सतपुड़ा मेकल की श्रेणी सतपुड़ा मेकल की श्रेणी में डक्कन ट्रैप शैली पाई जाती है इस पठार के पश्चिम में डक्कन ट्रैप पूर्व में गोडवाना दक्षिण में कड़प्पा शैल पाई जाती है यह पठार मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी क्षेत्र तथा विध्याचल पर्वत के दक्षिणी भाग में स्थित है विध्याचल पर्वत यह पठार पड़ला, बालाघाट स्यूनी छिदवाड़ा, बैतूल बुरहानपुर जिलों के पूरे भाग में तथा खंडवा खरगोन बड़वानी जिलों के कुछ भाग में व होशंगाबाद जिले की पचमड़ी क्षेत्र में स्थित है पचमढ़ी दोस्तों यहाँ पर हमारा वायु एस्फियर रिजर्व भी है पचमड़ी क्षेत्र में सतपड़ा मेकल की श्रेणी में सतपड़ा श्रेणी मैकल श्रेणी राजपीपला पी, श्रेणी पर्वत पर्वत श्रेणी है सतपड़ा मेकल की श्रेणी में नर्मदा ताप्ती बेन, गंगा, नदिया बहती है इस पठार में काली व छिछली मिट्टी पाई जाती है सतपड़ा मेकल की श्रेणी की जलवायु मानसूनी है सतपुड़ा मेकल की श्रेणी में वर्ष में 125 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाती है मतलब एक वर्ष में इतनी बारिश हो जाती है यह उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाति वन पाए जाते हैं सतपुड़ा मेकल की श्रेणी की मुख्य फसलें ज्वार गेहूं अलसी सोयाबीन कपास चावल है सतपुड़ा मेकल की श्रेणी खनिज की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न है यहाँ के अलग अलग क्षेत्र अपने खनिजों के लिए प्रसिद्ध हैं जहाँ मैगनीज बालाघाट छिंदवाड़ा ज़िले पाया जाता है वही कोयले की वहीं कोयले के लिए बैतूल का पाथरखेड़ा क्षेत्र प्रसिद्ध है दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ बालाघाट में तांबे की बहुत बड़ी खदान है पूरे मतलब भारत की सबसे बड़ी खदान है बालाघाट में जो तांबे की खदान है वो मलाज खंड की खदान है और जो मैंगनीज की खदान है वो भरवेली है बागसाइड के लिए बालाघाट मंडला व ग्रेफाइट के लिए बैतूल प्रसिद्ध है मध्य भारत का पठार मध्य भारत के पठार में डक्कन ट्रेफ सेल पाई जाती है यह पठार मध्य प्रदेश के उत्तरी तथा उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है इस पठार की हद में भिंड मुरैना शिवपुर, शिवपुरी ग्वालियर आदि जिलों के संपूर्ण भाग तथा नीमच बंदसौर व गुना जिलों के कुछ भाग आते हैं इस पठार की प्रमुख नदियाँ चंबल कालीसिंध, छिप्रा पार्वती आदि है मध्य भारत के पठार पर मुख्य रूप से जल्दोड़ मिट्टी पाई जाती है इस पठार की जलवायु मुख्य रूप से महाद्वीपीय प्रकार की है जिसमें गर्मी में अधिक गर्मी व ठंड में अधिक ठंड पड़ती है इस पठार पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला स्थान भिंड इसी पठार पर स्थित है इस पठार मुख्य रूप से यह पठार मुख्य रूप से उष्ण शुष्क वन पाए जाते हैं मध्य भारत के पठार की मुख्य फसल मुख्य कृषि फसलें सरसों गेहूं ज्वार गन्ना आदि हैं। इस पठार पर खनिज के रूप में मुख्य रूप से चूना पत्थर इमर इमरारती पत्थर चीनी मिट्टी पाई जाती है मालनपुर औद्योगिक केंद्र सूखे बंदरगाह के नाम से प्रसिद्ध है बुंदेलखंड के पठार में अब हम बुंदेलखंड के पठार के बारे में बताने चाहते हैं इस पठार में ग्रेनाइड व नीस चट्टान पाई जाती है इस पठार का फैलाव मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में तथा मध्य भारत के पूर्वी भाग में है बुंदेलखंड के पठार में दतिया टीकमगढ़ अशोकनगर छतरपुर जिले के संपूर्ण भाग तथा सागर व पन्ना जिले के कुछ भाग आते हैं इस पठार की मुख्य नदियाँ बेतवा धसान केन सिंध है इस पठार पर मिश्रित मिट्टी पाई जाती है बुंदेलकंड के पठार की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है इस पठार पर 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है इस पठार में उष्ण कटिबंधी मानसूनी वन पाए जाते हैं बुंदेलखंड के पठार की मुख्य फसलें ज्वार गेहूँ तिल अलसी है इस पठार पर मुख्य खनिज के रूप में ग्रेनाइट पत्थर और रॉक फॉस्वेट है अब हम आते रीबा पन्ना का पठार को विंध्य का पठारी प्रदेश भी कहा जाता है क्योंकि इस पठार पर विंध्य शैल पाई जाती है इस पठार का फैलाव प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में बुंदेलखंड के पठार के पूर्व तथा दक्षिण पूर्व तक है रीबा के पठार पर भांडेर विद्यांचल पर्वत श्रृंखला है इस पठार में दमोह पन्ना सतना रीवा जिले आते हैं इस पठार पर कैन सोन टॉन्स नदियां बहती हैं। दोस्तों तो रीवा पन्ना के पठार पर दोमट मिट्टी पाई जाती है दोमट मिट्टी इस पठार की जलवायु महाद्वीपीय है इस पठार पर 100 सेंटीमीटर से लेकर 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है रीवा बनना के जो पठार है उस पर उष्णकटिबंधीय मानसूनी व पर्णपाती पाए जाते है इस पठार पर चूना पत्थर हीरा जिप्सम गेरू मुख्य खनिज है अब वातावरण मालवा का पठार जो की मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है यह पठार लावा से बना है यहाँ पर डक्कन ट्रैप चट्टाने पाई जाती हैं इस पठार का जो फैलाव है मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में मध्य भारत के पठार के दक्षिणी तक है इस पठार के अंतर्गत विदिशा रायसेन सीहोर इंदौर देवास धार अलीराजपुर झाबुआ रतलाम उज्जैन शाजापुर आगरमालवा राजगढ़ जिले के पूरे भाग तथा मंदसौर गुना सागर जिले का कुछ भाग आता है मालवा के पठार का कुल क्षेत्रफल 88,000 किलोमीटर है इस, पर, इस की सबसे ऊंची चोटी शिगार है तथा विंध्यांचल पर्वत इसी पर इसी पठार पर है मालवा के पठार पर चंबल काली सिंध चिप्रा बेतवा पार्वती सिंह माही आदि नदियां बहती है। इस पठार की जलवायु जलवायु है, है। जो कि पूरे विश्व की सबसे अच्छी जलवायु इस पठार पर मानसूनी वन पाए जाते हैं। मालवा के पठार की मुख्य फसल सोयाबीन अन्य फसलें हैं जो है गेहूं चना मूगफली तथा कपास है इस पठार पर मुख्य खनिज रॉक फॉस्फेट एसबेटॉस जो कि मुख्य रूप से झाबुआ में पाया जाता हमने में है में लिखा है इसको बाकी खर्जों का अभाव है नर्मदा सोन घाटी नर्मदा सोन घाटी में डक्कन ट्रैप शैल पाई जाती है सोन घाटी प्रदेश के पश्चिमी भाग से लेकर उत्तर पूर्व तक तथा नर्मदा व सोन नदी की सक्री घाटी के मध्य स्थित है नर्मदा सोन घाटी में कटनी जबलपुर शंगाबाद, हरदा नरसिंहपुर खंडवा खरगोन बडवानी सीधी जिलों के कुछ भाग आते हैं नर्मदा सोन घाटी में नर्मदा सोन तवा नदी बहती है तवा नदी इस पे हमारा सबसे बड़ा पुल बना है मध्य प्रदेश का सोन घाटी की मिट्टी गहरी काली है नर्मदा सोन घाटी जलवायु की जलवायु मानसूनी है नर्मदा सोन घाटी में वर्षा 125 सेंटीमीटर के आसपास हो जाती है सोन घाटी में ही पर्वत का विस्तार है। विंध्या सोन घाटी में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन है नर्मदा सोन घाटी मुख्य रूप से यहाँ पर फसल जो है गेहूं है इसके अलावा जो है मुगफली कपास सोयाबीन गन्ना चावल आदि भी होते हैं सोन घाटी में खनिज भरपूर मात्रा में है यहाँ मुख्य रूप से सफ़ेद संगमरमर जो कि भेड़ाघाट हमारे जब भेड़ाघाट जबलपुर में मारोल रॉक के से प्रसिद्ध है यहीं पर भेड़ाघाट जो वॉटरफॉल है वो भी बहुत प्रसिद्ध है और कोयला चूना पत्थर भी पाए जाते हैं डोलोमाइट जो है कटनी जबलपुर और नरसिंहपुर यहाँ पर पाए जाते हैं टंगस्टन जो है कि है होशंगाबाद और आगर आगर गाँव में है चीनी मिट्टी जबलपुर में मिल जाती है मिलती है दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारे जो नए अपडेट्स हैं आप तक आसानी से पहुँचेंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में थैंक यू